जय हिंद ए इतिहास का पार्ट बारह है जो लोग पार्ट एक से ग्यारह तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियोस पर पहुँच सकते हैं तो जो पार्ट एलेवन था उसमें कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि हिंदू व वा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें यह बताना था आप लोगों को कि ताजमहल में या लाल किला में या पंचमहल में या फिर शेरशाह के मकबरे में तो आप लोगों को सही उत्तर देना चाहिए था ताजमहल में से सभी एग्जाम जिनमें की इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न नंबर इकसठ है धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में किन बीच लड़ा गया था आप सने बाबरों तथा अफगानों के बीच बी अहमद शाह दुरानी तथा मराठा के बीच सी है औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच डी है मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच तो पेपर पेन लेकर बैठिए लास्ट में बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए प्रश्न नंबर इकसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध प्रश्न नंबर बासठ औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को सोलह सौ अट्ठावन ईस्वी के धर्मत युद्ध के में पराजित किया था धर्मत किस राज्य का राज्य में स्थित है ऑप्शन ए राजस्थान बी मध्य प्रदेश सी गुजरात डी उत्तर प्रदेश प्रश्न नंबर बासठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है धर्मत प्रश्न नंबर तिरसठ मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था ऑप्शन ए मुराद ने बी औरंगजेब ने सी दारा सिकोह ने या फिर डी सुलेमान सिकोह ने प्रश्न नंबर तिरसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल में आश्रय लिया था प्रश्न नंबर चौसठ निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का दो बार राज्यभिषेक हुआ था ऑप्शन ए औरंगजेब बी जहांगीर सी शाहजहां डी अकबर तो प्रश्न नंबर चौसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए औरंगजेब का प्रश्न नंबर 65 निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु की गद्दी को समाप्त करके सिखों को कट्टर समुदाय बनाया ऑप्शन एक गुरु अर्जुन देव ने भी गुरु तेग बहादुर ने सिख गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु रामदास ने तो प्रश्न नंबर पैंसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने प्रश्न नंबर छाछठ औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि सोलह में हुई थी की थी ऑप्शन ए दिलेर खां के साथ बी जय सिंह के, के।, के साथ सी जसवंत सिंह के या फिर डी साइस्ता खां के प्रश्न नंबर छियासठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जय सिंह के साथ प्रश्न नंबर सड़सठ किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था आप सने शाहजहाँ को बी जहांगीर को सी औरंगजेब को या फिर डी बाबर को जिंदा पीर किसे कहा जाता था प्रश्न नंबर सड़सठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब को प्रश्न नंबर अड़सठ औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे आप सने गोलकुंडा एवं अहमदनगर बी बीजापुर एवं गोलकुंडा सी अहमदनगर एवं बीजापुर या फिर डी बीदर एवं बीजापुर तो प्रश्न नंबर अड़सठ का ऑप्शन बी ऑप्शन बी बीजापुर एवं गोलकुंडा को प्रश्न नंबर उनहत्तर जजिया जिसे शासन काल में पुनः लगाया गया था ऑप्शन सन अकबर के बी औरंगजेब के सी जहांगीर के या फिर डी हमायूं के तो प्रश्न नंबर उनहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब के शासनकाल में जजिया को फिर से लगा दिया गया था प्रश्न नंबर सत्तर कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है ऑप्शन एतमाद उद्दौला का मकबरा बी अनारकली का मकबरा सी राबिया उदौरानी उद का मकबरा, मकबरा या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर सत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राविया उदौरानी का मुकबरा, मकबरा मकबरा प्रश्न नंबर इकहत्तर औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी ऑप्शन ए जहा को बी रोशन को सी अमीन खान को या फिर डी शाइस्ता खान को तो प्रश्न नंबर इकहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जहां आरा को शाहीबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने प्रश्न नंबर बहत्तर मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त दी थी ऑप्शन ए अकबर बी औरंगजेब सी हुमायूं डी बाबर तो प्रश्न नंबर बहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब प्रश्न नंबर तिहत्तर औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ था ऑप्शन ए दार, दार उल हर्ब बी दार उल इस्लाम सी होलीवार या फिर डी जजिया प्रश्न नंबर तिहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दार उल इस्लाम इसमें दो कथन दिए गए हैं इसमें बताना है कि ये कौन सा कथन सत्य है या असत्य है या सही व्याख्या नहीं तो कथन एक है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ कारण क्या था ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया तो इसमें बताना है ऑप्शन ये है ए और आर सत्य है आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण है भी है दोनों ए और आर सत्य है परंतु आर ए की स्पष्टीकरण व्याख्या सही नहीं है या फिर सी ए सत्य है आर असत्य है या फिर डी ये असत्य है आर सत्य है इसमें क्या सही बताना है क्या कौन सा ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर चौहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है का उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ था क्योंकि औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और इसमें कोई जेष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम का पालन नहीं किया गया था इसलिए जो आर कारण आर है वो गलत है प्रश्न नंबर पचहत्तर औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी आपसे आजम तो ने बी अकबर ने सी मुज्जम ने या फिर डी काम बख्स ने प्रश्न नंबर पचहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर ने प्रश्न नंबर छिहत्तर किस मुगल शासक के काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ था ऑप्शन ए हुमायूं बी शाहजहाँ सी अकबर द्वितीय डी औरजेब प्रश्न नंबर छिहत्तर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के शासन काल में प्रश्न नंबर 77 निम्न में कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी ऑप्शन ए जहां बी रोशन सी गौहरा आरा या फिर डी मेहरू निशा औरंगजेब की पुत्री का नाम बताना है प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मेहरून निशा प्रश्न नंबर अठहत्तर संत रविदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है ऑप्शन ए अकबर बी जहांगीर सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब प्रश्न नंबर अठत्तर का जल्दी से सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब प्रश्न नंबर उन्यासी दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था ऑप्शन ए अकबर ने बी जहांगीर ने शाहजहां ने या फिर डी औरंगजेब ने बताना यही है कि मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले के, के अंदर किसने करवाया था प्रश्न नंबर उन्यासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब ने प्रश्न नंबर अस्सी निम्न में से कौन जहांगीर चित्रकार थे नीचे दिए गए कूट का चयन करके सही उत्तर दीजिए ऑप्शन ए है अब अब्दुसमद बी अबुल हसन सी अकारीजा डी मोर सैद अली इसमें बताना है कि जहांगीर के दरबार में कौन से चित्रकार थे तो प्रश्न नंबर अस्सी का सही उत्तर होगा अबू हसन थे और अकारीजा थे तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूसरे और तीसरे अबू हसन और अकारिजा जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे प्रश्न नंबर कैसे मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या सत्य हैं? ऑप्शन ए है सवार पद मनसफदार के पदानुक्रम को निर्धारित करता था बी है मनसफदार का पद व्यक्तिगत वेतन उसकी सेना के आकार द्वारा निर्धारित होता था ऑप्शन सी है मनसबदारों की नियुक्ति न्यायालय को छोड़कर सभी सरकारी विभागों में होती थी इसमें बताना है कि कथन एक सही है या दो तीन सही या फिर एक तीन सही या फिर तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर इक्यासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दो और तीन सत्य हैं पहला असत्य है प्रश्न नंबर बयासी निम्नलिखित मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था ऑप्शन ए तनखा जागीर बी वतन जागीर सी मसरूत जागीर या फिर डी इनाम जागीर जिसमें कोई कार्य नहीं होता था उस जमीन को क्या कहते थे मुगल काल में तो प्रश्न नंबर बयासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनाम जागीर प्रश्न नंबर तिरासी दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया आपने आब्दोसमद आप बी मंसूर सी मीर सैद अली या फिर अबुल हसन के द्वारा प्रश्न नंबर तिरासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अब्दुल समद द्वारा प्रश्न नंबर चौरासी निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित है ऑप्शन ए है बाबर के बाबरी हमायूँ हमायू नामा लिखिए शेर तारीखें से शाही अकबर तबका थे अकबरी इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है बाकी सब गलत हैं तो प्रश्न नंबर चौरासी का सही उत्तर होगा आप सन बाबर तुजुके बाबरी लिखी है बाकी हमायूँ नामा गुलबत्तम बेगम नहीं लिखी है और सब गलत हैं ऊपर वाला बाबर ने तुजुके बाबरी लिखी है ये बिल्कुल सही मिला है प्रश्न नंबर पचासी मुगलकालीन स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन सत्य हैं आप सने ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था बी दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है सी जहांगीर ने बागों और फुलवारी फुलवारी के निर्माण में रुचि दिखाई थी आप सने बिल्कुल सही है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण बलुआ पत्थर से भी सही है और जहांगीर ने बागों फुलवारी के निर्माण में रुचि दिखाई थी ये भी, सही।, भी सही है इस प्रकार से इस प्रश्न के तीनों विकल्प सही हैं इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्न नंबर छियासी मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे ऑप्शन ए गुलपत बेगम बी नूर जहां, सी जहाँ आरा बेगम डी जेबो बेगम तो प्रश्न नंबर छियासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद बजाने में औरंगजेब की दक्षता हासिल थी ऑप्शन सितार सी या फिर उपरुक्त में से कोई नहीं प्रश्न नंबर सत्तासी का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बीड़ा प्रश्न नंबर अकबर कालीन न का मकबरा स्थित है जहाँ पर ऑप्शन है आगरा में बी ग्वालियर में सी झांसी में या फिर डी जयपुर में प्रश्न नंबर अट्ठासी का सही उत्तर तो होगा ऑप्शन बी ग्वालियर में प्रश्न नंबर नवासी हमायूं नामा की रचना किसने की थी ऑप्शन ए हुमायूं ने बी बाबर ने सी गुलबर्दन बेगम ने या फिर डी रजिया सुल्तान ने तो प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने प्रश्न नंबर नब्बे अनु सुहाली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है ऑप्शन ए पंचतंत्र का बी महाभारत का सी रामायण का या फिर डी सूरसागर का तो प्रश्न नंबर नब्बे इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था इस प्रश्न को आपको देना है इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में हम इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे अगले वीडियो में ये मुगल काल का पार्ट तीन था ये एक पार्ट और बचेगा वो भी बन जाएगा जिससे पूरे मुगल काल के सवाल लगभग हो जाएंगे आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे अच्छे सवाल आने की संभावना बहुत ही कम है तो अब आप लोगों को बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के